पैसा की सीख अगर आप लोग पैसा कमाना है तो लर्न एंड अर्न ये हमेशा अपना दिमाग में रखो पैसा कमाना है तो इन्वेस्ट करना जरूरी है पैसा कमाओ पैसा बचाओ पैसा बढ़ाओ बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं उसमें से कुछ ही लोग पैसा बचाते हैं लेकिन बहुत कम लोग पैसा को बढ़ा पाते हैं आज और अभी इन्वेस्ट करना सीखो आप लोग पैसा से पैसा कमाना है आप लोग शेयर मार्केट में सिर्फ ओनली फॉर वन रुपी भी इन्वेस्ट कर सकते हो क्या आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही नॉलेज वीडियोस के लिए शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद